नमस्कार दोस्तों आपका एक्प्रेशर गुरुजी जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे लिंग जो टेढ़ा हो जाता है यानी कि टेढ़े लिंग के लिए एक्प्रेशर पॉइंट जिनका यूज करके आप अपनी इस समस्या का निदान कर सकते हैं कई डॉक्टर्स के अनुसार जब लिंग के अंदर रेशेदार स्क्वायर उत्तक बनने लगते हैं तो ये रोग हो जाता है साथ ही जब पुरुष संभोग कर रहे होते हैं तो उनके लिंग में बार बार हल्की हल्की चोटें लगती हैं जो कि टेड़ापन होने के वजह है या कारण है इसे इंग्लिश में पेरोनी भी बोलते हैं यानी पेरोनी रोग भी बोलते हैं पेरोनी रोग के कारण तनाव होने से लिंग में टेड़ापन हो सकता है ये स्थिति चालीस वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को प्रभावित करती है हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है चलिए देखते हैं एकुप्रेशर पॉइंट टेढ़ लिंक के लिए इसके लिए आपको जो ये एसपी पी दिखाई दे रहा है एसपी पी पॉइंट जो है इस पर अगर हम लगातार प्रेशर देंगे कुछ दिन तो हमारी समस्या ठीक होने लगेगी अब इसकी एक्यूरेट पॉइंट निकालने के लिए क्या करें कि जो हमारा ये निपल है यानी स्तन का जो निप्पल है इससे एक सीधी लाइन नीचे लेंगे इस तरह एक सीधी लाइन ले ली और एक लाइन अपनी नाभि से यानी नाभि से लेके एक लाइन इस, इसके साथ पैर कर देंगे जहां एक दूसरे को काटेंगे उससे करीब डेढ़ इंच यानी कि दो उंगल अगर आप नीचे रख रहे हैं, दो उंगली रख रहे हैं, तो ये बिंदु आपका मिल जाएगा इस बिंदु पर आप लगातार कुछ दिन प्रेशर देते रहेंगे तो जो आपके लिंक को टेढ़ा होने की जो समस्या है वो बहुत जल्दी अतिशीघ्र ठीक हो जाएगी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए नमस्कार